अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में YouTube और Google के आइकन दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए पंद्रह ऑप्शन बी सत्रह ऑप्शन सी अठारह या ऑप्शन डी बारह आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए